मुख्यमंत्री कन्यादान एवं निकाह योजना के तहत विवाह का कार्यक्रम रखा गया जिसमें 415 जोड़े शादी के बंधन में बंधे इस कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष भी शामिल हुए जिला पंचायत अध्यक्ष ने कार्यक्रम में कहा कि शिवराज सरकार की योजना के माध्यम से अनेकों गरीब बहन बेटियों के विवाह हुए हैं मुख्यमंत्री कन्यादान एवं निकाय योजना कार्यक्रम सीहोर में हुआ जिसमे मुख्य अतिथि के रूप में जिला पंचायत अध्यक्ष गोपाल सिंह इंजीनियर शामिल हुए जिला पंचायत अध्यक्ष ने कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के, के माध्यम से अनेकों अनेक, अनेक गरीब वर्ग की बहन बेटियों के विवाह किए प्रदेश की जनहितैषी योजनाओं का लाभ हर वर्ग को मिले और आगे भी ये लाभ मिलता रहे इसके लिए सब प्रयास करते हैं देश प्रदेश में डबल इंजन की सरकार ने अनेक योजनाएं चलाई है जो पात्र हित्रग्राहियों को लाभ दे रही है इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि गोपाल सिंह इंजीनियर के साथ क्षेत्रीय विधायक